हेलो स्टूडेंट्स क्लास टेंथ मैथ एग्जाम में पूछा जाएगा सिद्ध करें कि चार माइनस पाँच रूट एक अपन संख्या होती है एग्जाम में पूछा जाएगा इसका सूत्र से वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सक सकता है जहां पी कॉम क्यू पूर्णाक है और क्यू इज टू नॉट है या एक अपन संख्या होती है प्रश्न से बनाते हैं चार माइनस बट्टा वन बराबर पी बाई क्यू इसको तिरझा तिरछी गुना कर देंगे तो पी बराबर चार माइनस पाँच रुठ दो क्यू दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया पी स्क्वायर चार माइनस पाँच रुठ दो क्यू होल इस पर दो बेर गुना करेंगे पी गुने पी बराबर चार माइनस पाँच रूट दो क्यू इंटू चार माइनस पाँच रूट दो क्यू इसको गुना करेंगे तो पी स्क्वायर इस गुना पूरा कर देंगे तो इस माइ सोलह माइनस चालीस रूट दो क्यू प्लस पच्चीस रूट दो क्यू स्क्वायर इसलिए दोनों तरफ राशि है इसलिए चार माइनस पांच उठ दू एक अपरिमेय संख्या है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा इसे इसी प्रकार का आधार से बनाइएगा हंड्रेड परसेंट एग्जाम में पूछा जाएगा